ये है बेस्ट ई डब्ल्यू एस अंडर फिफ्टीन और ये Realme कंपनी का है अगर आपको ये चाहिए तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी और गाइज एक बात और आपको ये 1599 में Flipkart में मिल जाएगा इसकी डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही मेरे चैनल पे आ जाएगी अगर वो आपको जल्दी देखनी है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले तो गाइज मैं तो आपको एक मेन चीज़ बताना ही भूल गया हम इस चैनल पे अपनी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और मैं ये ओरिजिनल माइनक्राफ्ट नहीं खेल रहा हूँ मैं ये खेल रहा हूँ टी लॉन्चर का माइनक्राफ्ट और मैं डाउनलोड करना सबसे पहले सिखाऊंगा उसके बाद हमारी सर्वाइवल सीरीज़ स्टार्ट होगी तो अगर आपको देखनी है पूरी माइंड सर्वाइवल सीरीज स्टार्टिंग से तो इस रेड वाले बटन को दबाइए तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो बाय फ्रेंड्स